असलमकम भाइयों कैसे हैं आप लोग ठीक हैं कोई टेंशन वेंशन तो नहीं मतलब अगर कोई टेंशन है भी तो अपनी टेंशन अपने तक रखें या मेरी जिंदगी में पहले ही मसले कम चल रहे हैं तुम्हारी टेंशन है, नहीं चाहते हो नहीं ना नहीं देना चाहते ना भाई को टेंशन आ जाओ आगे आ जाओ अच्छा भाई नाम और अपने बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में इसलिए जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है जाके देख इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बिल्कुल उस ठीक टीचर की तरह बन जाऊंगा जिससे बोर्ड पे कुछ भी मुश्किल लिखा पूछ लो ना उसका एक ही जवाब होता है बेटा ये तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ आप कहाँ थे गांडे बना रहे थे पिछली क्लास में कोई भी मुश्किल चीज पूछ लो ना वो पिछली क्लास में पढ़ा चुका है और उसको बताओ ना कैसे पिछली क्लास में था नहीं बेटे मुझे नहीं पता तू नहीं था तुझे नहीं पता तू मान ले बात अब हम भी इतने कोई ख़ास स्टूडेंट तो है नहीं गंडल से हम बच्चे हैं तो हम भी डर के सेम के बैठ जाते हैं कि यार वाकई में सही ना वो लॉ बेंचुन मेरे ये हुई ना इस क्लास में एनी टाइम नशे में ये दिमाग है क्या करें Loser. अच्छा भाई नेम और वो क्लियर कर चुका हूँ जाके देख लो तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे बाय शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहते भाई मैं भी अभी नया नया हूँ एकदम नया बच्चा फ्रेश पीस निकला है मार्केट में और ये जो कैमरा है ना सामने ये देख अजीब ही गडियल चीज है इंसान हो ना इंसान बैठा हुआ था सामने तो वो खासता बात है तो खुश रहता है कि भाई कोई इंसान बैठा हुआ है साथ उससे बातचीत करना अभी कैमरा इसके सामने कुछ समझ नहीं आता मैं जो सामने आते ही एकदम बंदा चूतिया होकर खड़ा हो जाता है एकदम के क्या हो क्या गया जिंदगी मेरी क्या मेरे सामने ले आया हुई क्योंकि अपने आप से क्या बात करें बंदा मैं जो दिया फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ओ बाकी कॉन्सनट्रेट कर देता है ना ये तू इंग्लिश कर देता है ना फिर मामलत भारी कर देता है वीडियो भारी कर देता है रेंडर में मसला जाता है तेरे को बोला है कि नहीं बोला कर इंग्लिश mm -hmm. एक चैनल बनने का मकसद ये है कि भाई आपके ना भाई को कुछ मसले है वो बहुत संगीन मसला है वो मसले ना मैं लेके अपनी माँ के पास गया उन्होंने बोला बेटा मैं तो गरीब सी औरत मेरे बाप ने मुझे खाली शादी करने के लिए पैदा किया था तुम तो मुझसे क्या पूछ रहे अपने बाप से आगे पूछ मैं अपने बाप के पास गया मेरे बाप ने बोला बेटा तेरे लिए रोटी कमाने के टेंशने देखू या तेरे मसले सुनूँ जा बेटा उस्ताद के पास जाए पैसे किस लिए दे रहे हैं उस्ताद से मैंने पूछा कि भाई ये उत्ताद जी मसले कैसे लूंगा उस्ताद जी ने बोला बेटा जितना पैसा देते हो ना उस हिसाब से तो हम बहुत पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा लड़ने में मैं चढ़ना हमारे तो मैंने कहा ठीक है बोले जाओ बेटा पुलिस ज़्यादा मसले हैं पुलिस में आए कंप्लेन करो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पुलिस वालों के पास गया पुलिस वालों को मैंने बोला कि भाई मेरे ये मसले हैं इनका कुछ करो तो पुलिस वालों ने बोला पड़ोस के हमारे पास अपनी पंचायतें कमें तेरे मसले भी सुने भी सही बोल हैं फिर मैं करूँ क्या उन्होंने जाओ बेटा पॉलिटिशन के पास जाओ मसले लेके अपने पॉलिटन के पास गए अपने मसले लेके पॉलिटिशियन के पास जब मैं आगे खड़ा हुआ उनको अपने मसले सुनाने लगा उन्होंने बोला बेटा इतने ही मसले ना मुल्क ही छोड़ दो मैं फिर बहुत जबरदस्त कर रहा है रजाक तो मैंने बोला ये भी सही बोली रहे हैं लेकिन मुल्क छोड़ने की तो नहीं है क्या करें तो मुझे किसी ने बोला यूट्यूब पे आ जाब पे आ जाएगा ना सारे मसले हल हो जाएगा यूट्यूब पे आ जा तो मैंने भी सोचा मैंने बोला बोल तो सही रहा है मसले हैं ही आवाम से तो आवाम को ही बताया जाए क्यों खबर में इधर उधर जाके मुंह मारा जाए जहां से टेंशन आए वही टेंशन वापसी समझ रहा है मेरे बेटे अब ये मसले हल कर आने आ गए अपने अंदाज में प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो अपू आ रहे हैं